गाइस गाइस वेलकम माय चैनल अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेट्स गो सो आपकी तरह मैं भी कल से वेट कर रहा हूं पेमेंट का बट अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है और हां किसी की भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो अगर आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अभी देख रहे होंगे जो कह रहे हैं जो ओपनली क्लेम कर रहे हैं कि उनके पैसे आ गए हैं या किसी के पैसे आ गए हैं जो वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो वो फेक है गाइज वो बस व्यूज़ के चक्कर में वो यूट्यूबर्स ऐसा अपलोड कर रहे हैं अभी हाइप में क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं पेमेंट किसकी हुई है किसकी नहीं हुई है तो इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता यार एक तरफ से ये ऐप ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया इतना बड़ा ब्लंडर और स्कैम किया लोगों को मतलब इतना पैसा डुबा दिया और दूसरे यूट्यूबर्स हैं इसी मौके का फ़ायदा उठा के लोगों को और बेवकूफ़ बनाते हैं और बोलते हैं कि पेमेंट पेमेंट विदड्रॉल प्रॉब्लम सॉल्व लिखते हैं सोल्ड अब टाइटल में अगर आप विड्रॉल प्रॉब्लम सॉल्व लिखोगे इसका मतलब है भाई आपने तो मतलब कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया विड्रॉल प्रॉब्लम का बट एक बात बताओ पचास लाख यूज़र्स हैं पावर बैंक आपके और आप स्क्रीनशॉट्स दो चार दिखा रहे हो लोगों के और बोल रहे हो कि विड्रॉल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई पचास लाख यूज़र्स समझते हो और पाँच लोगों के स्क्रीन दिखा रहे हो आप मतलब ज़मीर इजाजत कैसे देता है आपको यह सब करने का भाई व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाओगे आप उनके जज्बातों के साथ खेलोगे और ये बताओ जो आप इतना ओपनली कह रहे हो कि विड्रॉल प्रॉब्लम सॉल्व ठीक है आप लोगों को भरोसा अभी भी दिला रहे हो कि भाई तुम्हारा पैसा आ जाएगा एक बात बताओ एक दो दिन वेट और करके अगर पैसा नहीं आया तो इन सब लोगों के इन 50 लाख यूजर्स का पैसा क्या आप अपने जेब से निकालोगे इन 10-15 हजार व्यूज के चक्कर में और तुम लोगों की ऐसी फजूल सी वीडियोज देख ही ना लोग अभी भी रिचार्ज कर रहे है एक सुबह मेरे को एक कॉमेंट मिलता है जिसपे एक बंदा कह रहा है कि मैंने आज रिचार्ज किया है आज सुबह उसने रिचार्ज किया गाइज तो मेरे को समझ नहीं आता आप कैसे ट्रस्ट कर लेते हो यार आप अभी भी कैसे ट्रस्ट कर रहे हो और आप रिचार्ज कर रहे हो मेहरबानी करके रिचार्ज करना बंद कर दो यार अब तो बंद कर दो और गाइज जो ये स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहे हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये सब फेक है ऐसा स्क्रीनशॉट मैं आपको एक मिनट में एडिट करके बना के दिखा सकता हूँ बट उससे मेरे को क्या मिलेगा चलो 10 पंद्रह हज़ार व्यूज़ मिल गए वैसे व्यूज़ का मुझे क्या करना है जब मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ और इस टाइम में कोविड के टाइम में ऐसे हालात में जो इतन, इतना मतलब इतने लोग मर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में इस मौके का मैं फ़ायदा उठाऊं कि चलो ऐसा स्क्रीनशॉट उठा के अपलोड करके मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूं दस पंद्रह हज़ार व्यूज़ तो मिल जाएंगे बट ऐसा नहीं करना है ना लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है इनफैक्ट लोगों का सपोर्ट करना है इस टाइम एंड गाइस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो इनकी एक एडमिन सोमिया है उसकी तरफ से जो मैसेजेस मिली थी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बस यही घटिया से रीजंस है कि पैंडमिक की वजह से जो बैंक्स हैं वो डिले कर रहे हैं प्रोसेस ये वगैरह वो सब ये बकवास और एंड पे क्या कह रही है गाइज इसको देखो तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया कह रही है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास आप रिचार्ज कर सकते हो जाके अभी भी वो ऑफर चल रहा है देखिए पहले पहला झूठ तो इनका यहीं पता चल जाता है क्योंकि इन्होंने कहा था कि एलवेंथ मई को ग्यारह बजे ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा और ये मैसेज आप देख सकते हो बारह बजे मिली है तो ये अभी भी चाहते हैं लोग कि आप लोग रिचार्ज करें और इसीलिए अभी तक ऐप चल रही है अगर मैंने आपको कल भी एक वीडियो में कहा था कि अगर अभी तक तो कोई रीज़न है ना कि आप अभी आपको देख पा रहे हैं प्ले स्टोर पर अपने फ़ोन में चलता हुआ तो वो यही रीज़न है कि वो अभी भी जा रहे हैं लोग रिचार्ज करें और जैसा कि मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया और लोग अभी भी रिचार्ज कर रहे हैं गाइज सो so अपनी जितनी भी फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो उनको बोल सकते हो कि मेहरबानी करके अब गलती से भी रिचार्ज नहीं करना है आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा की हम क्या एक्शन ले सकते हैं इनके अगेंस्ट क्योंकि मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ आई डेफिनेटली डू समिंग अबाउट दिस ट्रस्ट मी गाइज सो टिले कनेक्टेड एंड स्टे सेफ